सिंगरौली में स्वतंत्रता दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया शासकीय और सार्वजनिक स्थानों पर झंडा बंदन किया गया सिंगरौली जिले के प्रभारी मंत्री ब्रिजेन्द्र प्रताप सिंह ने चुन कुमारी स्टेडियम में झंडा रोहण किया झंडा रोहण के बाद ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने परेड का निरीक्षण किया उन्होंने जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया इस मौके पर उन्होंने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण भी किया वहीं सिंगरौली नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर रानी अग्रवाल ने नगर निगम में अध्यक्ष देवेश पांडे कमिश्नर आरपी सिंह सहित अधिकारियों कर्मचारियों को उपस्थित में नगर निगम में झंडा रोहण किया कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया तो वहीं पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र प्रताप सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में झंडारोहण किया